तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर एक हम दृष्टि डालते हैं कर्क राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है देखिये देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक है नवम भाव छठे भाव से रोग का और शत्रु का विचार किया जाता है और नवम भाव से आपके भाग्य का विचार किया जाता है देव गुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके लिए सामान्य रहेगा गुरु के परिवर्तन के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं लेकिन यह समय आपके कार्य के लिए बहुत शुभ रहेगा दर्शकों एक चीज बताए आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख लीजिए अष्टम माफ करिएगा छठे स्थान पे जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं इनकी पंचम दृष्टि आपके कर्म के जो है घर को जा रही है तो नौकरी में यदि परिवर्तन करना चाह रहे थे और नहीं हो रहा था तो नौकरी परिवर्तन के लिए यह समय उपयुक्त ही रहेगा इतना ही नहीं इस समय आपको धन लाभ के तमाम योग भी बनेंगे यदि अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो सिलेक्शन होगा गुप्त शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे देखिए ये जो छठा स्थान होता है ये शत्रु का होता है चिंता का होता है रोग का होता है ऋण का होता है मुकदमेबाजी का होता है तो मुकदमेबाजी में यदि आप उलझे हुए हैं तो आपके पक्ष में कोई निर्णय आ सकता है गुप्त शत्रुओं का दमन स्वतः होगा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं हो सकती है इसके अलावा उधर के ऊपरी भाग से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है आपका वजन अकारण ही बढ़ सकता है छठे स्थान से पंचम जो है देखिए आप तो कर्म भाव में तो यदि बेरोजगार है तो आपको कोई नया रोजगार यहाँ पर मिलेगा किसी अच्छी सेवा में जा सकते हैं या आप किसी नौकरी में हैं तो नौकरी आप लोग स्विच करके दूसरी जॉब में जा सकते हैं फिर चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भाग्य के घर के भी आपके स्वामी बनते हैं तो भाग्य का आपको प्रॉपर साथ मिलेगा सामान्य परिवर्तन रहेगा लेकिन अभी तक जिन चीज़ों से आप वंचित थे आ, वो चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी इसके अलावा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सप्तम दृष्टि से स्थान को देवगुरु देख रहे है। तो खर्चों में बढ़ेगी। आपके जाने योग है। आप कुछ कर्जरा सकते और ये का होता है तो कोई लोन कोई बड़ा लोन आप ले सकते। आपके ऊपर कर्जों का बोझ रहेगा तो कर्जों से आपको बचना रहेगा इसके अलावा अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी इसके अलावा दर्शकों बताना चाहेंगे कि बाई नेत्र से संबंधित आपको कोई पीड़ा हो सकती है दर्शकों एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि परिवार के लोगों के साथ इस समय आपके रिश्ते मधुर होंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सेकंड स्थान तो आप अपने कुटुंब के घर में आकर्षण का केंद्र रहेंगे ससुराल पक्ष में आपकी बहुत ज़्यादा जो है मतलब इज्जत होगी इसके अलावा दर्शकों को बताना चाहेंगे जो सेकंड स्थान होता है ये पड़ोसियों का होता है तो आपके पड़ोसियों से जिनसे नहीं बनती थी उनसे आपकी बनने लगेगी कोई फिक्स धन वगैरह या कोई फिक्स संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है दर्शकों खान से संबंधित आपको बहुत विशेष ध्यान रखना रहेगा अन्यथा आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस समय आपको मानसिक से भी बहुत ज्यादा अपने आप को जो है मजबूत करना रहेगा नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सतर्कता बरतीएगा साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों को धन संबंधी मामलों में अपने साझेदार पर आपको नजर बनानी रहेगी पारिवारिक मोर्चे पर आप अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ भाई बहनों से भी जो है आपकी जो है उलझन हो सकती है इसके अलावा दर्शकों बताना चाहेंगे कि कालपुरुष की यदि कुंडली देखी कालपुरुष की कुंडली देखी जाए तो ये जो छठा स्थान होता है ये कन्या राशि होती है तो कुछ आपको स्वास्थ्य परेशानियां आ सकती हैं आपको विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं अपने पार्टनर पर आपको बेवजह शक नहीं करना है आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है बैंक से बहुत ज़्यादा लोन मत लीजिएगा जिनको आपने पैसा दिया हो उनसे मांगने के लिए कोशिश करिए ठीक रहेगा कंपटीशन दे रहे है छात्रों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा छठे स्थान से प्रतियोगी परीक्षाओं का भी विचार किया जाता है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे अब आप पूछेंगे उपाय क्या करना है तो उपाय के तौर पर यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो केले के वृक्ष का आपको पूजन करना रहेगा कोशिश कीजिएगा एक देसी घी का दीपक प्रतिदिन शाम को केले के वृक्ष के पास जरूर रखिए दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा कि अपनी कुंडली का पिछलेषण एक बार जरूर करवा लीजिएगा नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी आपको जो है जल में डालना है फिर स्नान करना रहेगा बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त का आप लोग पाठ कीजिए जब भी किसी आप प्रॉब्लम में फंसे मुसीबत में फंसे तो आपको करना क्या रहेगा भगवान विष्णु का स्मरण करिए ओम नमो नारायणाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या देव गुरु बृहस्पति का कोई भी एक वैदिक मंत्र तांत्रिक मंत्र कोई भी एक मंत्र पकड़िए और इसका आप प्रतिदिन एक माला जाप जरूर करिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप और भी अच्छे उपाय हमसे प्राप्त कर सकते हैं दर्शकों को कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दबाइए हमारा वार्षिक राशिफल 2020 और मासिक राशिफल भी इस चैनल पर पड़ता रहता है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार